हेलो दोस्तों सबका स्वागत है तो आज हम मल्टीकोन एनालिसिस करेंगे बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर आप मल्टिकॉन एनालिसिस कर लो लाइव तो अभी हम मल्टीकॉन एनालिसिस करते हैं ठीक है तो अपने अपने कॉइन के नाम डाल दो जो भी आपको एनालिसिस करने हैं मैं अभी लाइव एनालिसिस कर दूंगा ठीक है लाइव स्ट्रीम है तो आप अपने कॉइन का नाम रिक्वेस्ट कर सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो बी टी सी की सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी रिसेंटली तो आपको बस इतना काम करना है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो ट्वेंटी टू थाउजेंड नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस है और बाद में उसके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम एटलीस्ट ट्वेंटी सिक्स जा सकता है ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आप उसके इसमें देख सकते हो ये बड़ा सा एक आपको फ्लैक पोल भी दिख सकता है यहाँ पर तो ये ऐसे पूरा आ, ब्लैकपोल ऐसे बन सकता है तो यह पॉसिबिलिटी है बिकॉज मार्केट जब देखो मार्केट जब एक बड़ी गैप क्रिएशन करता है मैंने आपको पहले बताया जब बड़ी गैप क्रिएशन करता है उसके बाद टाइम लगता है मार्केट को धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से बाहर निकल सकता है डायरेक्टली वी रिकवरी यहाँ से नहीं होती है ठीक है तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और बाकी मार्केट भी आप देख लो जब कोई बड़ा डंप होता है उसके बाद थोड़ा टाइम लगता ही है मार्केट को तो थोड़ा पेशेंस रखिए और है पॉसिबल है चीज़ें धीरे धीरे करके जैसे मार्केट रिस्पॉन्स करेगा वैसे हम उस उसके साथ चलते जाएंगे ठीक है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बहुत कुछ है चैनल के ऊपर सीखने के लिए भी है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी है सब कुछ है ठीक है तो सबसे पहले अभी इरफान बोल रहे कि एल का लॉन्ग टर्म ठीक है देखो एल का बहुत सिंपल है एल को मैं ऑलरेडी छः सालों से फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे हर एक उसकी प्राइस पता है वो कहाँ पर गया था कैसे किया था तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि 50 डॉलर्स के आसपास या उसके नीचे 35 से लेकर uh, 50 या 70 डॉलर्स तक उसका एक्यूमुलेशन जोन है यहां पे आप उसको बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है तो अभी वो बाइंग जोन में है अगर आप लॉन्ग टर्म उसको प्लान कर रहे हो ठीक है शॉर्ट टर्म का यह क्विन नहीं है आप लॉन्ग टर्म इसको बाय कर सकते हो इसमें थोड़ा धीरे धीरे ये वी के साथ चलता है मोवमेंटम भी आता है लेकिन आता है उसमें तो ये बहुत अच्छी बात है तो आपको जब भी इसमें लॉन्ग uh, टर्म आप सोच रहे हो तो ये अच्छा जोन है थर्टी फाइव डॉलर से लेकर फिफ्टी डॉलर तक इसका लॉन्ग टर्म में होने, तो यहां पे आप बाई कर सकते हो ठीक है ऑलरेडी और यहाँ पे वो होल्ड करेंगे बहुत टाइम के लिए तो इसीलिए वैसे कंसिडर करके हम चल रहे तो एल टीसी के के केस में लॉन्ग टर्म आपने पूछा था बस वो याद रखना <laughs> तो थर्टी फाइव से लेकर सेवेंटी डॉलर्स तक इसका एक्मिलेशन जोन है ये पूरा एक्यूमेलेन जोन में ही है अभी ऐसे हम इसको बोल सकते हैं ठीक तो है तो कॉन्फिडेंटली मेरे ऑलरेडी एलटीसी होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही उसको होल्ड करना बेटर रहता है तो ये लॉन्ग टर्म वाला ही कॉइन है ओके okay? तो ये हो गया फर्स्ट एल उसके बाद सना फारूक पूछ रहे लिंक चलो लिंक का भी देख ले रहे एक बार लिंक क्या कर रहा है यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिंक ओके अभी लिंक क्या कर रहे हैं कहाँ पे गया लिंक ओके okay. तो देखो लिंक का भी ऐसा है कि लिंक 2018-19 में आया है ओके okay. तो उसका अगर स्पॉट चार्ट देखोगे तो वो बहुत नीचे से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तो ओवरऑल मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाय करना है लिंक तो आ, थोड़ा स्टेजेस में आपको बाय करना पड़ेगा ये बिकॉज ये जो है ये आ, बहुत पुराना कॉइन नहीं है तो जो नए कॉइन्स है एक चीज़ याद रखना टू के बाद जो भी कॉइन्स आए हैं तो उनका अभी तक बॉटम नहीं हुआ है ओके 2019 के पहले के जो कॉइन्स है उसके आप बॉटम निकाल सकते हो लेकिन ये जो कॉइंस थे ये 1819 में जो आए हैं उनके अभी तक इतने खास बॉटम नहीं हुए लेकिन वो आप बाई कर सकते हो ठीक है लिंक उनमें से एक है जो ओरेकल कॉइन है तो अच्छा कॉइन है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ा नीचे भी बाय करना पड़ सकता है उसको तो ये एक दिक्कत है हमेशा याद रखना लिंक जब भी बाय करोगे तो यहाँ पे थोड़ा बाय कर सकते हो लेकिन नीचे जाने के बाद अभी आपको बाय करना पड़ेगा अभी शॉर्ट टर्म में आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट टर्म में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी हम देख लेते हैं शॉर्ट में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जस्ट उसको देख लेते हैं एक्जैक्टली क्या कर रहा है ताकि आपको अगर ट्रेड लेना हो इमिडिएटली तो आप उसमें प्लान कर सकते हो ठीक है जस्ट होल्ड कीजिए ए बी सी डी एफ जी एच आई जी के एल ठीक है तो लिंक लिंक लिंक लिंक, लिंक का मैं स्पॉट चार्ट ओपन कर रहा हूँ बिकॉज क्या है ना स्पॉट चार्ट के ऊपर आपको पुराना डेटा भी मिल जाता है तो इसलिए मुझे स्पॉट चार्ट पसंद है ओके याद रखना तो मैंने आपको आई थिंक ये दो तीन महीने पहले किसी को अपडेट दिया था कि ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल सकते तो वही कर रहा है लिंक लेकिन लिंक की एक चीज़ याद रखना लिंक गया तो वन डॉलर के आसपास भी जा सकता है इतना याद रखना ठीक है तो उस हिसाब से उसको प्लान करो लिंक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ एल में जैसे, जैसे मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बताया लिंक में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिकॉज आपको रीजन भी बताया टू थाउजेंड 18, 19 के बाद जो भी आए हैं उन्होंने बॉटम बॉटम अभी तक नहीं किया है 2019 के बाद वाली स्पेशली तो लिंक जो है वो उसका स्टार्ट अगर आप देखोगे ना तो उसका एक्यूमिलेशन 0.5 डॉलर से स्टार्ट हुआ था ओके उसके बाद वो इस रेंज में अक्यूमेट हुआ है 1.5 डॉलर तक ओके अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो यहाँ पे आप थोड़ा बाय कर सकते हो लेकिन वन डॉलर का टारगेट रखना वहाँ तक आपको बाइंग करना पड़ सकता है ठीक है तो लिंक में कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 1.5 एक एकदम बॉटम एक्सट्रीम लेवल बॉटम वो रहेगा और ये वाला भी जोन ठीक है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको बाय करना पड़ेगा डायरेक्टली सारे फंड्स एक कॉइन में हम नहीं लगा सकते और ये गलत भी है ठीक है याद रखना वैसे करने के बाद आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो नहीं होगा और आप अटक जाओगे बहुत से कॉइन्स टू थाउजेंड में जो आए थे ऐसे ही थे जब वो लॉन्च हुए थे लेकिन उसके बाद वो कभी ऊपर आए नहीं जैसे न्यू एक कॉइन है यूएस है वो नो uh, डाउट no अच्छे प्रोजेक्ट्स थे लेकिन वो बॉटम uh, में अटक गए बियर मार्केट के वो बाद वो उठे ही नहीं कॉइन ठीक है तो ऐसे हो जाता है उनके साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहां पे थोड़ा बाय करोगे तो 1.5 डॉलर तक नीचे आपको बाय करना पड़ सकता है और वैसे कंसिडर करना ओके okay? तो ये था लिंक का अभी नेक्स्ट क्वेंट किसने पूछा है डॉट चलो डॉट का देख लेते <coughs> <coughs> डॉट में क्या चल रहा है देखो डॉट का भाई वही वही प्रॉब्लम है नाइटे ना, की बात करोगे तो ये, ये, ये शॉर्ट टर्म में आपको यहां पे दिखेगा दो डॉलर तक उसका बॉटम है ओके okay? तो अगर आप डॉट नो डाउट डॉट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है और ये अच्छा भी प्रोजेक्ट है बहुत सारा इसका इको सिस्टम भी डेवलपमेंट है लेकिन एक चीज याद रखना नए नए जब लोग आते हैं ना तो हमेशा कॉइंस uh, जब आता है नए नए तो फंडिंग होता है उनके पास पहले दो तीन साल काम काज अच्छे से चलता है उसके बाद थोड़ा उसमें दिक्कत आना स्टार्ट होता है तो डॉट का वैसे इकोसिस्टम बड़ा बनते जा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपका लेकिन बॉटम एक याद रखना दो के आसपास उसका बॉटम हो सकता है बियर मार्केट जब एंड फेज में होगा तब उसका बॉटम हो सकता है ठीक है अभी ये जो है जो भी कर, करोगे आप बाइंग करोगे ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको करना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो ये हो गया डॉट के लिए आशीष बिशोई पूज रहे सर टेक्निकल एनालिसिस आपके कोर्स में है एडवांस कोर्स यस जो यूट्यूब के ऊपर जो कोर्स है आ, उसमें ऑलरेडी बिगिनर्स कोर्स है मैंने ऑलरेडी उसमें सब कुछ कवर किया है ओके तो जिसको आ, वो सीखना है तो वो ये वाला कोर्स फॉलो कर सकते हैं जो ट्रेडिंग कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर अगर आपको एडवांस कोर्स करना है तो ऐप के ऊपर अवेलेबल है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप की तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अभी ऑफर भी चल रहा है एक्चुअली 8 नवंबर तक ऑफर है एडवांस कोर्स जिसको भी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जिसको सीखना है वो उसके लिए ज्वाइन कर सकता है ठीक है लेकिन आप अगर एडवांस uh, कोर्स नहीं करना चाहते तो बिगिनर्स कोर्स भी आपके लिए काफी है बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस अगर करोगे बिगिनर्स कोर्स पर भी तो काफी है अगर आपको एडवांस कोर्स करना है और uh, आगे बढ़ना है कि मेरे साथ आपको ट्रेड करना है तो वीकेंड सेशन भी उसके होते हैं आप मुझे कुछ भी डाउट उसमें पूछ सकते हो लाइव ओके तो ये इसमें फायदा है बस तो एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप के ऊपर वो अवेलेबल है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे आईसीपी ठीक है आईसीपी देख लेते हैं एक बार आईसीपी क्या कर रहा है आईसीपी जस्ट होल्ड करना अब हम देखते हैं आईसीपी B, C, D, e F G आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली कुछ भी डिफिकल्टी हो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो ऐप के ऊपर ठीक है अनिश सोनू इंट्राडे कोर्स का को यस इंतराडे का कोर्स अभी आने वाला है तो वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा ओके okay, तो वो आप देख लेना ठीक है जल्दी वो अपलोड होगा तो आईसीपी अभी हम देख रहे हैं आई देखो शॉर्ट टर्म में अगर लॉन्ग टर्म में मुझे पूछोगे तो ये कॉइन 400 डॉलर से ऊपर से नीचे आ रहा है ओके okay? जब से आप देखोगे आईसीपी लॉन्च हुआ गिरते है गिरते ही जा रहा है ओके okay? इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत है बिकॉज ये बहुत से लोगों को फ्री में मिला था पहले तो वो लोग अभी भी सेल कर रहे हैं और एक चीज याद रखना जब कभी मार्केट नया कॉइन आता है ना मार्केट में तो एक दो तीन साल लग जाते हैं उसको बॉटम बनाने में और जब कभी वो बॉटम बनाता है तो एक वर्स्ट प्राइस पे वो डंप मारता है जब सारे लोग उसको बाइंग करते हैं और मार्केट का सारा सप्लाई जो होता है वो वेल्स के पास चला जाता है उसके बाद वो एक्चुअली कॉइन ऊपर जाना स्टार्ट होता है बियर बुल मार्केट में तो वही टारगेट होता है लेकिन इसका बॉटम जो है नए कॉइन्स का जो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉटम इसका अभी तक नहीं हुआ है ऊपर से ये कॉइन कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो ये गिरते जा रहे हैं तो फोर डॉलर के आसपास अभी हम है इसमें ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर सकते हो फोर डॉलर से चार डॉलर के ऊपर ये कॉइन आया है तो यहां से आप एक डॉलर भी जा सकते हो बॉटम दो डॉलर जा सकते हो इसका कोई भी बॉटम नहीं बता सकता फ्रेंकली स्पीकिंग कितना भी एनालिसिस आप कर लो टेक्निकल एनालिसिस कर लो जब तक मार्केट के सप्लाई में इसका एक बॉटम फॉर्म नहीं होता बॉटम मतलब कैसे बोल रहा हूँ कि एक रेंज में ये कम से कम तीन चार महीने छह महीने ऐसे गुजारेगा उसके बाद उसका बॉटम होगा फिर उसको आप बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है आईसीपी में मुझे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिकॉज ये टू के बाद वाला कॉन है तो मैंने आपको जैसे बोला टू के बाद वाले कॉइन्स में मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं जो बॉटम जिन्होंने नहीं किया है ठीक है एक बार इसका बॉटम फॉर्म हो जाने तो दो तीन साल के बाद ही वो कॉइन एक्चुअली स्टेबल होता है उसके बाद वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है ठीक है उसके बाद ठीक है आशीष का हो गया बी पूछ रहे हैं मानस मान वर्मन चलो ठीक है बी देख लेते हैं बी अभी लोग ट्रेड भी कर रहे हैं तो चलो एनालिसिस कर लेते हैं वैसे बी का वो लॉन्च लॉन्चपुल का न्यूज है इसलिए वो थोड़ा इसमें लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि अभी जो स्टेज है ना मार्केट का उसमें कंटिन्यूसली आपको जो पॉम्प दिख रहे हैं वो एग्जिट पम्प हो सकते हैं ओके अगर बी अपना रजिस्ट्रांस टेस्ट कर लेता और वहां से अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मार्केट गिरने के चांसेज ज्यादा होते है तो BNB वगैरह ये जो है अभी फिलहाल पम्प तो हो रहे हैं लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है ओके ओवरऑल सारे कंडी सारे कॉइन्स की सेम सिचुएशन है बिकॉज जब हमने डम्प किया था उसके बाद अभी ये निकलने के लिए इसको थोड़ा टाइम निकलेगा फिर बाहर निकलेगा ऐसे डायरेक्टली तो यह बाहर निकल नहीं सकता है और एक चीज आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर ये ब्लैकपोल जैसे बना रहे हैं तो अगर आपको टारगेट चाहिए तो ये आप टारगेट रख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थ्री के आसपास ये आ सकता है अभी आ, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या करता है तो अगर आप उसमें ऑलरेडी लॉन्ग हो तो आ, 380 से लेके 400 हंड्रेड जोन में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो वहां पे उसका अपना टारगेट रखो ठीक है तो ये पहले के सपोर्ट रजिस्टेंस है जो मैंने किसी को दिखाए थे ड्रॉ करके तो ये सारे ऐसे काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने फिर से बाउंस हुए और इसके बाद मैंने बोला था कि एंट्री करना टू के बाद तो ऑलरेडी ये कॉइन ऊपर जा रहा है तो ये भी रजिस्टेंस है ये भी रजिस्टेंस था कंटिन्यूसली हम अभी ऊपर ही जा रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट रजिस्टेंस जो है ये वाला आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे थ्री एटी के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो उसके बाद वो नीचे आएगा थोड़ा सा और अगर लेकिन और अगर आप पैटर्न देखोगे ना तो ये बड़ा फ्लैग पोल बन जाता है और आपको पता है अगर फ्लैग पोल पैटर्न बनता है तो वो नीचे ही ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना थ्री या थ्री के आसपास वो जा सकता है उसके बाद डिसाइड करो क्या करना है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है उसमें तो वैसे आप कंसिडर करो बड़ी टाइम फ्रेम पे नो डाउट ये थोड़ा बुलिश है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बीटीसी को नहीं हो रहा है ऊपर जाना तो इसको भी मुश्किल है थोड़ा ऊपर जाने के लिए तो बॉटम तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिफ्टी से हंड्रेड डॉलर तक इसका बॉटम होगा वो मे बी नेक्स्ट ईयर उसके बाद हो सकता है लेकिन बियर मार्केट जब बेंड होने आएगा तब तो इसका बॉटम बहुत एक्सट्रीम है फिफ्टी डॉलर से लेके हंड्रेड डॉलर तक ये बॉटम कर सकता है बी तो ये इसमें दिक्कत है तो फिलहाल पैटर्न वाइज पूछोगे तो यहाँ पे ये फ्लैग पोल जैसे ही बना रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अभी लेकिन थ्री नाइनटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है वहाँ से नीचे जाने के चांसेज भी है Okay. तो वैसे कंसीडर करो बीएनबी को आ, मैंने आपको बताया ना 380 के आसपास ये वाला फ्लैग ये ये देखो ये वाला फ्लैग पोल है ना आप भी ड्रॉ कर लो यहां से ये फ्लैग पोल अगर ड्रॉ करोगे तो ये उसकी ऊपर वाली लाइन है वहां तक वो जाएगा ये रेजिस्टेंस लाइन जो है येलो कलर की वहां तक वो जा सकता है तो वो क्या करेगा ऐसे जाके यहां पर रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर आसपास कहीं पे वो शॉर्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे आप उसको शॉर्ट करना है आपको तो वहाँ पे देख सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करना अगर इस, अगर वो इस चैनल को फाड़ के निकल जाता है तो उसके उसमें आपको बुलिश भी हो सक होना पड़ सकता है जो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं होने के लेकिन फिर भी एक चलो ठीक है कंसीडर कर सकते हैं बी अभी सप्लाई तो फाइनेंस के पास में है तो कुछ बोल नहीं सकते पॉसिबिलिटी है कि वो उसको यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं जो अपना फोर जोन है वहाँ तक भी उसको लेके जाएंगे और फिर डंप करेंगे तो ये उनके ऊपर डिपेंड है बेल्स का टारगेट क्या है लेकिन अगर फिबोनाची एक्सटेंशन डाल देते चलो फिबोनाची एक्सटेंशन भी डालेंगे बीएनबी के ऊपर तो डेली टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं ठीक है डेली टाइम फ्रेम के फिबोनाची एक्सटेंशन भी डालोगे तो कम से कम मुझे वो 400 के आसपास ही दिख रहा है यहाँ पर तो वहां तक हम जा सकते हो उसमें उसके बाद वो डिसाइड करना पड़ेगा उसको क्या करना है ठीक है तो बी में अभी फिलहाल ये पैटर्न अभी ऐसे कंसिडर करो फ्लैक पोल और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट और अगर आपको एग्जिट करना है तो इस लो के नीचे बिल्कुल मत रुकना 340 350 के नीचे ये नहीं आना चाहिए ओके तो ये एक रेजिस्टेंस आपके लिए है अगर ऊपर जाके नीचे आना स्टार्ट होता है उसके नीचे जाना स्टार्ट होता है तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो स्पॉट के ऊपर ठीक है ये एक है बीएनबी का उसके बाद इर्शद पूछ रहे सर ऐटम का बता दो चलो एटम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म और बाकी और किसका क्वेश्चन है आगे एक एक करके देखेंगे चलो पहले ऐटम देख लेते हैं अभी ए, ए, ए, ए, टी। ओके तो ऐटम क्या कर रहा है देखो ऐटम इकोसिस्टम बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए ये ब्लॉकचेन मुझे पसंद है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल बहुत है और इसमें थोड़ा ये यू ना लाइट वेट है तो इसमें काम भी बहुत चलता है और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे उसमें आ रहे हैं लेकिन अगर आप टेक्निकल अनलिसिस वाइस पूछोगे तो इसको अभी हम कर रहते हैं एटम इसका एनालिसिस कर लेते हैं देखो आइटम में एनालिसिस करेंगे तो ये आ, बड़ी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है ओके तो अभी हम वो रिटेस्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ओवरऑल आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पेमलेन तो यह जो बाइंग जोन है थ्री से फाइव डॉलर के आसपास, आसपास जहाँ पे ऑलरेडी एक बार आ चुका है लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो आ, जैसे मैंने आपको बताया टू वाला ये कॉइन है तो इस पर ठीक ठाक बॉटम में ये बना रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट बाइंग जो है आपको आ, अगर नीचे गिरता है बियर मार्केट जब बीटीसी समझो बीटीसी अगर 12,000 10,000 डॉलर के नीचे चला जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तो पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो लेकिन ओवरऑल ये पैटर्न अभी बेरिश है और आप गैप क्रिएशन देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी गैप क्रिएशन हुई है ना यहाँ तो इस गैप क्रिएशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम इसमें फ्लैग पोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ तक कि आपको ये ये जो हॉरिजोनटल रेजिस्टेंस है हॉरिजोनटल लाइन यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे यहाँ तक यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्वेंटी डॉर्स के ऊपर ये थोड़ा मुश्किल है जाना अभी एटम फिर से या फिर ये डबल टॉप करके नीचे भी आ सकता है ओके तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है ये वाली एक ट्रेंड लाइन है ये वाला फ्लैकपोल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर ये डाल दो ये वीकली के ऊपर है ठीक है अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप मुझसे पूछोगे शॉर्ट टर्म में तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन अपना यही बनता है ये वाला जो है इसका सिक्सटीन के आसपास इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस जोन है तो ये हॉरिजोंटल रजिस्टेंस है ओके okay, तो ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसके पास है उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन है जिस यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आता है तो ये ट्वेंटी डॉलर सिक्सटीन डॉर्स पहला टारगेट है नेक्स्ट टारगेट इसका ट्वेंटी डॉलर रहेगा अगर आप इसमें फिबोनाची भी डाल देते हो इनकेस समझो अगर इसको डेली टाइम फ्रेम की फिबोनाची भी डाल दें फिबोनाची देखो इसको अगर फिवोनाची भी डाल दे तो ऑलरेडी पॉइंट फिबोनाची पे रिजेक्ट हुआ है यहाँ से 0.5 फाइव मैक्स जा सकता है so, 19 से 20 का दो, एक दो का सकते हो। इसमें $16 के तब तक आप इसको देख सकते हो तो फिबोनाची डालो और नॉर्मल पैटर्न बनाते कॉइन्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं इसमें और ऑरिजॉन्टल रीजन आपको ऑलरेडी बताया कहाँ से ड्रॉ करना तो आप ड्रॉ कर सकते हो सो ट्वेंटी डॉलर नाइनटीन से ट्वेंटी अपना फ जोन यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे आ, मैक्स वो जा सकता है इस इस साइकिल में अगर बी 25 26,000 जाता है तो उस केस में मैं ये बोल रहा हूँ आपको ओके तो ऐसे कंसिडर करो आ, एटम के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन अच्छा है तो अगर आप वीकली मंथली टाइम फ्रेम की बात करोगे तो यहाँ पर थोड़ा बाइक अच्छा है फाइव के आसपास इसका अच्छा था नीचे वहाँ पर आप एकट करना चाहिए था आपने लेकिन आप इसको तीन स्टेजेस में बाय कर सकते हो यहाँ पे नीचे टेन ट्वेल्व डॉलर की एक लेवल है नीचे फाइव डॉलर्स की है और उसके नीचे जाएगा तो मैक्स दो डॉलर तक वो बॉटम कर सकता है लॉन्ग टर्म में ठीक है तो एटम भी वैसे अच्छा ब्लॉकचेन है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है लेकिन दिक्कत यही है कि वो टू के बाद आया है ना तो उसने अभी तक बॉटम नहीं देखा बियर मार्केट नहीं देखा तो वैसे कंसिडर करो ये हो गया एटम के लिए अभी सना फारक बोल रहे हैं मैंने आपका बेसिक कोर्स कर लिया हैर्स में क्या सिखाते हैं देखो साना पेड कोर्स में ऑलरेडी एडवांस स्ट्रेटजीज है जो स्ट्रेटजीज मैं खुद यूज़ करता हूं वही मैं सिखाता हूं एडवांस कोर्स में और ऐप के ऊपर वो अवेलेबल है वहां पे आप चेक कर सकते हो ठीक है ऐप में जाके आप देख सकते हो वीडियोस के सारे नाम है वहां पे क्या क्या बारह से तेरह वीडियोज़ है उसमें और बाकी वीकेंड सेशन्स में लेता हूँ उस बैच के लिए और वीकेंड uh, सेशन जो भी है उसमें मैं सारे आपकी जो डिफ़िकल्टीज है ट्रेडिंग uh, के रिलेटेड जो हफ्ते में होती है वो सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए एडवांस बैच के लिए वो चल रहा है तो वैसे वो काम करता है ओके तो उसके बाद साइकोलॉजी कैसे बेटर करे आशीष विषय अच्छा क्वेश्चन है साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो सीरीज है वो देखो उसमें जो वीडियोस है वो देखो उतने काफी है और जो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेडिंग करते रहोगे ना पेपर ट्रेड करो यूजली पेपर ट्रेड भी करोगे तो साइकोलॉजी अच्छी डेवलप होगी और पेपर ट्रेडिंग के बाद जो भी आपको लॉसेस अगर आते हैं तो पेपर ट्रेडिंग में आते हैं और साइकोलॉजी भी अपनी अच्छी होती जाती है उसकेस में तो वो आप फॉलो करो ठीक है तो आ, मेरी सीरीज देख लेना बाकी साइकोलॉजी आपको मार्केट ही सिखाएगा धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ ही मार्केट साइकोलॉजी डेवलप होती है ओके ये फैक्ट है कोई नहीं आपको बताएगा ऐसे डायरेक्टली कोई सिखा नहीं सकता आपको साइकोलॉजी ओके लेकिन मैं सीरीज मैंने बनाई है वो देख लेना वहां पर मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है गलतियाँ क्या, क्या क्या होती है वो समझाने का प्रयास किया है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी पी का शॉर्ट मैंने बता दिया लॉस के लिए वेट करना करता हूं बट जब प्रॉफिट हो रहा हो तब जल्दी एग्जिट हो जाता हूँ देखो प्रॉफिट एग्जिट इसलिए आप करते हो बिकॉज आप डर जाते हो ओके तो अगर आप आ, मैंने आपको पहले बोला ना ई एम को फॉलो करो एटलीस्ट अगर आप दो स्टेजेस में भी प्रॉफिट बुक करोगे समझा आपने यहाँ पे एंटर किया है एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने एंटर किया है मैंने आपको प्राइस एक्शन भी ऑलरेडी सिखा है इसीलिए प्राइस एक्शन में क्या होता है हायर लो हायर हाई सम बनाते राइट तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है देखो प्राइस एक्शन अगर फॉलो करोगे ना आप डर जाते हो यहाँ पे नीचे आने के बाद कर प्रॉफिट वैसे मत करो ये वाला अपना है। ये इसका है, उसके नीचे ये है। ये वाला स्ट्रक्चर है देखो, बनाते जा रहा है हुआ है इसका उसके नीचे का सपोर्ट भी लेते जा रहा है तो जब कभी ये अपना पहले, पहले का स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा उसके बाद अभी ये वाला पॉइंट था एक्जिट पॉइंट यहाँ पे आप एक्जिट कर सकते हो थोड़ी बहुत है ना तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग में एग्जिट ले सकते हो आराम से और स्ट्रक्चर भी इतना ब्रेक नहीं हुआ है ना तो पेशेंस का काम है अगर आपको आप में एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है तो भी आप उसमें रुक सकते हो और अगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है थोड़ा सा पम्प आता हम डर के सेल कर देते लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी इसको फॉलो कर सकते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है देखो जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम उसमें एक्जिटि नहीं कर रहे लेकिन बहुत बार क्या होता है अभी ये ट्रेंड लाइन जैसे एक बना रहा है ना ये ट्रेंड लाइन जैसे आपको दिखेगा और बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर ये थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए आता है तो इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप इतना शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा रुकना भी लॉजिकल नहीं तो जब तक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप रुक सकते हो उसके बाद आप एग्जिट ले सकते हो फिर आप अच्छे ट्रेंड में भी रहोगे और प्रॉफिट भी बुक कर पाओगे ठीक है तो वैसे आप याद रखना आसिफ अंसारी पूछ रहे पी एच कॉइन अब मुझे ये तो पता नहीं पी कॉइन कौन सा है पी एच बी कॉइन चलो डाल के देख लेते हैं एक बार अगर बहुत सारे एक्सचेंजेस पे है तो ठीक है हाँ रेड पल्स देखो बहुत सारे कॉइन्स आते रहते हैं मुझे पता भी नहीं होता ये कौन से कॉइंस है कहाँ से है लेकिन जब आप लोग पूछते हो तभी तो मुझे पता चलता है फिर भी चलो ठीक है इसका एनालिसिस कर लेते हैं यह बी टी सी यूएसडी टी पेयर में नहीं है binance के ऊपर हुबोई के ऊपर है सिर्फ दोनों एक बार देख लेते हैं पी कॉइन आपने रिक्वेस्ट किया ना पी चलो देख लेते क्या देखने में क्या है ठीक है तो पीएचबी क्या बता रहा है अभी पी एच बी पहले देख रहे हैं हम पीएचबी यूएसडीटी अरे यहाँ दिक्कत यह है कि अभी ये नया क्विन है तो अगर शॉर्ट टर्म आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें मुझे एक सेटअप यहाँ पे दिख रहा है तो ये वाला चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर लो जो हॉरिजोंटल चैनल है ना इसने थोड़ा बॉटम अच्छा किया है ठीक है तो ये वाला ब्रेक करने के तक आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन एक यहाँ पे ऐसे पैटर्न इसने बनाया डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाया लेकिन ये रेक्टेंगल रेंज में अटका है ना तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकता है लेकिन इसके बाद अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है आप उसको फॉलो कर सकते हो ट्रेंड लाइन वेयर ये वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है ओके तो अगर आप इसमें एंट्री भी ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है बहुत बार अगर प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पाता कहीं जैसे ये प्रीवियस हाई था ये प्रीवियस हाई था ये प्रीवियस आया था ये प्रीवियस आया था अभी अगर ये प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हो रहा है मार्केट को तो वो नीचे चला जाता है उस केस में। और आप देखते रहते हो ऐसे वक्त करो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो इसके इस के नीचे आपका स्टॉप लॉस चाहिए अगर आप ट्रेड भी ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हो तो वेट करो बिकॉज क्या है ना नया कॉइन है आ, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी गिरने लेकिन वो क्या करते हैं गिरते जाता है, गिरते जाता गिरते जाता है तो वो एक दिक्कत इसमें आती है नई कॉइन्स में ठीक है तो बाकी फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता इस कॉइन के इसलिए आपको बस चार्ट वाइज मैं बता रहा हूं ये वाला बॉटम आपके लिए अच्छा है इसके नीचे मत रुकना पॉइंट 0.48 पॉइंट ट्रिपल एट के नीचे मत रुकना इसमें नहीं तो अटक जाओगे ठीक है ये था पीएचबी और अभी डिजिटल इंफॉर्मेशन पूछ रहे सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताइए मैंने बहुत वीडियो देख लिए बट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेशन होगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता देखो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो भी चैनल है आपका एक चीज याद रखना फ्यूचर्स अभी तक मार्केट डेवलप हो रहा है ओके देखो फ्यूचर्स ऑप्शन ये सारे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप ट्रेड करते हो लेकिन एक चीज याद रखना फ्यूचर्स में जितनी रिस्क है उससे भी ज्यादा रिस्क आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में है जितना फ्यूचर्स में समझो रिस्क है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में डबल एक्स रिस्क है ओके okay, तो ये चीज याद रखना जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ज्यादा रिटर्न्स आते हैं लेकिन रिस्क की वजह से आपका सारा लिक्विडेशन हो सकता है तो फ्यूचर में अगर आप कंफर्टेबल हो चार्ज आपको अच्छे से आता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत अभी यह है कि मार्केट इतना मैच्योर नहीं हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर स को इजीलिए कर रहे तो वो फेज होता है मार्केट का फ्यूचर्स नया था अभी फ्यूचर्स कॉमन चीज हो गई सारे लोग फ्यूचर स्ट्रेडिंग करते ऑप्शन अभी नया है क्रिप्टो में समझो एक, एक से दो साल उसको दो एटलीस्ट लिक्विडिटी लगती है किसी भी मार्केट को लिक्विडिटी होगी तो आपको अच्छा वो स्टेबल uh, ग्रोथ देता है ना नहीं तो क्या होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स ऐसे ऐसे बार बार ऊपर नीचे करेगा आप अटक जाओगे उसमें तो ऑप्शन ट्रनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है लिक्विडिटी की वजह से लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपको चार्ट्स पता है तो ऑप्शन कर सकते हो कैलकुलेशन का मुझे नहीं पता मैंने जा उसमें उस देखा नहीं स्टॉक मार्केट में वेरेज ऑप्शन ट्रेडिंग में करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है लिक्विडिटी की वजह से लेकिन फ्यूचर्स क्रिप्टो uh, में ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक इतना मैच्योर नहीं है ऐसे में मानता हूँ ठीक है मेरे जो कलीग्स है बहुत से लोग मेरे साथ में जो है ट्रेडर जिनके साथ में टच में हूँ तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको खा, खास, खास अभी तक प्रॉफिट नहीं हो ऑप्शन ट्रेडिंग में और वो भी अभी दिक्कत है उनको भी वो फेस कर रहे वेरज फ्यूचर्स में वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है लोग लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको दिक्कत आ रही है के? याद रखना ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा कम मैच है अभी। अभीफ अंसारी है देखो ऑलरेडी बिगिनर्स कोर्स मैंने चैनल के ऊपर रखा है राइट अगर आपको एडवांस कोर्स बाय करना है तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो ऐप के ऊपर ऑलरेडी एडवांस कोर्स अवेलेबल है ऐप में और एडवांस कोर्स में एक्चुअली क्या है मैं पूरी अपनी स्ट्रेटजी सिखाता हूँ जो भी मैं खुद यूज करता हूँ मेथड्स और वो एक्चुअली वर्क होती है मार्केट में जो भी मेथड्स मैं सिखाता हूँ वो 100 परसेंट काम करेगी बस उसके बाद आपको थोड़ा मेरे साथ आप ट्रेड करते हो और वीकेंड में जो भी आपको क्वेश्चन है संडे को मैं सेशन लेता हूँ एडवांस बैच का उसमें जो भी क्वेश्चन है वो लोग आप अपने डिफिकल्टीज मुझसे सॉल्व कर सकते हो तो ये मैंने ऐसा पैटर्न बनाया है एडवांस बैच के लिए तो वो ऑलरेडी uh, अवेलेबल है ऐप के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है Uh, जो भी सीरियस लोग हैं सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अगर सक्सेस नहीं मिल रहा तो uh, आप मुझ एडवांस कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत मुझ बहुत महंगा भी नहीं रखा है मैंने कोर्स एक्चुअली उस कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए थर्टी फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ चाहिए लेकिन मैंने उसको बहुत चीप में आपको रखा है हंड्रेड डॉलर्स के नीचे रखना के मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फ़ायदा उसका ले सके ओके okay? लेकिन ठीक है अभी हर किसी का चॉइस होता है uh, उसके बाद बिगिनर्स के लिए क्या है बिगिनर्स बिगिनर्स देखो beginners अगर आप हो तो सबसे पहले अपना मेरे जो बिगिनर्स कोर्स है चैनल के ऊपर वो आप कर लो वो आपको काफी है एक्चुअली और उसके बाद प्रैक्टिस करना डायरेक्टली एडवांस कोर्स ज्वाइन मत कीजिए बिगिनर्स कोर्स अगर पूरा किया है प्रैक्टिस किया है तभी तो आप एडवांस के लिए आइए फिर उसमें आपको ईजी हो जाता है ओके पूछ रहे ऐपटॉस का क्या फ्यूचर है देखो एपटोस का दिक्कत यह ना कि ये सारे क्विंस नए होते अभी मुझे बताओ एप कॉइन आपको याद रह है ना वो कुछ टाइम पहले बहुत चर्चे में था लास्ट ईयर लास्ट ईयर ने हिस्सा ली थिंक मई मार्च मार्च के आसपास वो बहुत चर्चा में था उसको अभी कोई बात नहीं कर रहा है ना एक कॉइन का और आप चार्ट उसका देखोगे तो वो स्टेबल होगा या फिर नीचे गिरते ही जा रहा होगा तो ये होता है अगर जब भी कोई कॉइन नया होता है तो उसमें बहुत ज्यादा चर्चा होती है उसकी मार्केट में लेकिन एक कॉइन के बाद वो स्टेबल हो जाता है या फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है ना तब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो वीकली जा रहे थे आपको करना है तो ठीक है आप थोड़ा उसको रख सकते हो पोर्टफोलियो में लेकिन बॉटम के नीचे मत रुकना यहाँ से, से यह पैटर्न बना के थोड़ा थोड़ा निकल सकते लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि जब को भी कोई कौन सा भी कोई, कोई भी कॉइन नया आता है तो उसको सारे एक्सचेंजेस ज्यादा से ज्यादा लिस्ट करते हैं लेकिन एक अक्यूमुलेशन फेज में वो होता है तो एप अभी फेज में तो आप उसको शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रख सकते हो पोर्टफोलियो में लेकिन शॉर्ट टर्म में पता नहीं ये क्या करेगा लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा ऊपर जा सकता है आ, वैसे कंसिडर करो तो ये अच्छा एक्मिलेशन होने यहाँ पे एक्यूमलेट हो रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो स्टॉप लस इसके नीचे लगा देना लेकिन थ्री, थ्री के नीचे मत रुकना बिकॉज क्या है ना फिर इसका आई हो जाएगा ये गिरते जाएगा गिरते जाएगा और हम उसको होप्स के ऊपर रखेंगे रखेंगे पोर्टफोलियो में तो ऐसे मत करो स्टेजेस में बाय करना है तो अभी एक बाय करो नेक्स्ट स्टेज आप उसका दो डॉलर के आसपास रहेगा तब उसको बाय कर सकते हो लेकिन एक्चुअल बॉटम उसका देखो वन पॉइंट के आसपास लिस्ट हुआ है ना तो वो उसका एक्चुअल बॉटम है वन डॉलर का तो वहां तक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए और फंडामेंटली पूछोगे तो ठीक है वैसे एपटॉस जो है वो लग तो रहा है लेकिन क्या होता है ना इनिश जब कोई कोई नया होता है तो उसमें फंडिंग होता है उनके पास राइट पहले दो साल जैसे स्टार्टअप होता है आपका यूजली स्टार्टअप आपने देखा होगा ना स्टार्टअप में क्या होता है जब कभी कोई, कोई नया होता है या फिर कोई स्टार्टअप नया होता है तो बहुत सारा उनके पास पैसा होता है और पहले दो तीन साल आराम से चलती है सारी चीजें मस्त चलती है मार्केटिंग होता है सब कुछ ये करते हैं वो करते हैं और जैसे ही एक दो तीन साल हो जाते हैं उसके बाद उनकी हवा निकलना स्टार्ट होता है बिकॉज प्रॉफिट आता ही नहीं आता ही नहीं है मार्केट में कहीं उनको वो बस फंडिंग के जरिए जी रहे होते हैं तो वैसे ही इन, इनको इनके साथ हो जाता है कि ये नए नए तो लॉन्च कर देते हैं एक दो साल चलता है तीन साल चलता है लेकिन दो तीन साल के बाद इनका क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता है ना तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना जब बॉटम अगर आपको बाई लगता है लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि अच्छा आपने स्टडी किया है तो उसको बाय कर लो थोड़ा सा रखो पोर्टफोलियो में लेकिन बहुत ज्यादा अभी डायरेक्टली तो मार्केट जब बुलिश होगा तभी हम उसमें उम्मीद रख सकते हैं है ना इमिडिएटली तो कुछ नहीं है मार्केट में तो यह इरफान एपटॉस के लिए ऐसे है आसिफ अंसारी पूछ रहे आ, सर आपने कोर्स के बारे में बताए क्या एडवांस स्टडिंग कोर्स बिगिनर के लिए है ये सिर्फ एडवांस कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है अगर आपने बिगिनर्स कोर्स किया है आपको पता है कि बेसिक सारे कैसा है पैटर्न्स प्राइस एक्शन क्या है और ट्रैंगल पैटर्न क्या है ये पैटर्न वो सारे अगर आपको पता है तो एडवांस कोर्स आपको इजी, जाए, इजी जाएगा और उसमें आप एडवांस कोर्स में एक्चुअली आप मेरे साथ ट्रेड करते हो तो जो जितने भी आपको टाइम लगेगा पाँच महीने छः महीने सात महीने कंटिन्यूअसली वीकेंड पर हम सेशंस लेते हैं उसमें आप डिफिकल्टी पूछ ही सकते हो ठीक है वैसे है आप यूज़ कर सकते हो यह स्टॉक मार्केट में काम करेगा लेकिन स्टॉक मार्केट में है ना आप किस में ट्रेड करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी स्टॉक मार्केट में कैश uh, मार्केट है उसमें बहुत मुश्किल है ये ट्रेडिंग बस फंड्स ज़्यादा लग सकते हैं उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपको कम फंडस में काम हो जाता है लेकिन एनालिसिस आपका फास्ट चाहिए uh, वो हर मार्केट का देखो अलग होता है पैटर्न तो स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर वो उसका अलग पैटर्न है लेकिन वो मेथड सेम रहेगी जो चार्ट्स के ऊपर आप यूज़ करते हो वो सारी मेथड तो सेम होती है ठीक है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा वो एक बार देख लेना बाकी का ठीक है तो एप और एक्टॉस का हो गया बाकी सारे कॉइन्स का तो हमने डिस्कशन कर लिया आई थिंक किसी को और कोई कॉइन रिक्वेस्ट नहीं करना है तो हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो डरेक्टली जो भी है मार्केट रिलेटेड भी है तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ और, और एक चीज़ याद रखना ये इसके ऊपर मैं दिखाता हूं आपको जब भी आप एनालिस करोगे मार्केट का मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कोई भी कॉइन बाय करने का प्रयास कर रहे हो या होल्ड करना है आपको तो उसका एक एनालिसिस पहले कर लो वो कैसे करना है वो भी मैं एक शॉर्ट में दिखा देता हूं आपको सबसे सब पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाने के बाद आ, यहाँ पे तो रैंकिंग तो आपको पता ही है ना किसी भी कॉइन का रैंकिंग होता है वो हम देखते हैं आशिफान सर ये आप एक काम करो मेरा आ, मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा वो भी ज्वाइन कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ल, लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो या मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लो आप मुझे जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो वहाँ पे ठीक है देखो आ, मैं बता रहा था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कॉइन मार्केट के ऐप के ऊपर जाने के बाद किसी भी कॉइन के ऊपर जाओगे आप समझो आप डॉट के ऊपर जाते हो या किसी भी कॉइन के ऊपर जाते हो तो उसके बाद एक चीज याद देख लेना है यहाँ पे जाने के बाद कि वो कब आया है कॉइन लाइक right? 2018 आया है नाइनटीन आया है ट्वेंटी आया है ट्वेंटी आया है ट्वेंटी आया है कब आया है वो कॉइन वो देख लेना उसके हिसाब से प्लान करो और मेरे हिसाब से जब तक कॉइन को दो से तीन साल नहीं होते क्रिप्टो मार्केट में वो तीन साल से ज्यादा ऊपर नहीं है उसका लाइफ तो वो मैनिपुलेट होता है और गिरते जाता है या फिर उसके इसमें गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो पहले देख लेना कॉइन कब लॉन्च हुआ है और फिर आप उसको बॉटम प्राइस देख सकते हो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो इसका प्रीवियस बॉटम प्राइस देखा करो कब वो बॉटम का भी किया था टॉप का भी किया था उसके हिसाब से आपको उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना इजी हो जाता है लेकिन जो एक्चुअल बॉटम है वो इन चार्ट के ऊपर ही दिखेगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आने के बाद ही आपको एक्चुअल बॉटम मिल सकता है बाकी आप देखो कोई भी कॉइन डाल के देख लो इसमें हर कोइन का आपको बॉटम यहाँ पर पता चल जाएगा कि प्रीवियस उसका बॉटम प्राइस क्या था उसके हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हो तो एक बार ये ये चीज देख लेना जब भी आप आ, कोई भी कॉइन बाय करोगे लॉन्ग टर्म लिए, करो के लिए एनालिसिस करोगे बहुत बार फंडामेंटल्स अच्छे दिखते हैं किसी भी कॉइन के लेकिन दिक्कत यह आती है कि उसमें कि हाँ वो नया होता है तो वो दो तीन साल अच्छे से चलता है चार साल अच्छे से चलता है उसके बाद वो उसमें गिरना वो स्टार्ट हो जाता है लेकिन जो भी कॉइंस है पाँच से छः साल से ज्यादा है मार्केट में वो तो डेफिनेटली बाय होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में ठीक है वो स्लो रिटर्न देते हैं नो डाउट लेकिन एटलीस्ट रिटर्न्स तो मिलते हैं ना जीरो तो नहीं होते लोना बिना जैसे तो इसीलिए जो भी टू नए 2018, 17, 16 ये वाले जो कॉइन्स है 19 वो एटलीस्ट रहने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और अच्छे प्राइस पे अगर आप बाय करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आती है अभी ट्रॉन देखो 0.02 पॉइंट इसका बॉटम प्राइस है वहां तक वो जा सकता है बियर मार्केट में हमें नहीं पता राइट लेकिन वो अभी का जो प्राइस है वो ठीक ठाक है तो यहाँ पे थोड़ा बाई हो सकता है और बाकी का जो है नीचे एटलीस्ट इसका बॉटम प्राइस था वहाँ पे वो बाय हो सकता है जीरो पॉइंट जीरो वन वहां पर भी वो ले सकते हो आप तो लॉन्ग टर्म रखना है तो पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो लेकिन पहले एनालिसिस कर लो कि कॉइन कब लॉन्च हुआ है कितना पुराना है ओके तो एक लास्ट रिक्वेस्ट देख लेते हैं रमेश माँ पूछ रहे एक्स आर चलो एक्स एक बार देख लेते और सेशन रोक देंगे फिर बाकी जो भी डिफिकल्टी है वो टेलीग्राम ग्रुप के पे के ऊपर आप मुझे पूछ सकते हो ऑलरेडी ज्वाइन है यहाँ पे ये ग्रुप है ऊपर वो दिख रहा है वहां पे करो या फिर लिंक मैंने दिया है अभी चैट में उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो आशिफ अंसारी आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो मैं आपको हेल्प कर दूंगा ठीक है चलो एक्स देख लेते हैं अभी एक्स पुराना कॉइन है तो वो अभी फिलहाल धीरे धीरे उसका मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक्सआरपी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए ठीक है अभी आप शॉर्ट टर्म ऐसे पूछ रहे लॉन्ग टर्म मुझे नहीं पता लेकिन चलो मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट टर्म में लॉन्ग देखो पहले वीकली के ऊपर जाके आप देखोगे तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ये इसका बॉटम रेंज है तो बहुत अच्छा है जीरो के ऊपर है बहुत अच्छा पॉइंट है ओके 2, 2, इसका बॉटम हो सकता के जाएंगे तो एक बार ये नीचे आने के बाद यहाँ पे हॉरिजोंटल यह सपोर्ट है ना आपका यहाँ पे ये यह जो हॉरिजॉन सपोर्ट है यहाँ पे एक बार आ सकता है टेस्टिंग के लिए पॉइंट फोर के आसपास और फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है लेकिन अगर अभी के लिए अगर ये यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जैसे बना रहे ट्राइंगल जैसे बना रहे तो इन केस अगर ये ब्रेक हो जाती तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए 0.45 जो भी इसकी बॉटम प्रीवियस लो, लो है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस चाहिए ठीक है पैटर्न वाइज तो ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है बुलिश भी दिख रहा है और रेजिस्टेंस वाइज पूछोगे तो एक्स का एक्चुअल एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे ही था वहाँ पर वो आ चुका है ऑरिजिन रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे ये वाला तो यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़ा था उसके बाद वो नीचे आया है अभी ओके तो सपोर्ट पे अगर ट्राई करोगे 0.4 के आसपास तो अच्छा होगा बाई करने के लिए वहां पे वो आ सकता है उसके बाद वो डिसाइड करेगा यहाँ से नीचे जाना है या फिर यहाँ से ये यह ऊपर जाना है ओके तब आप देख सकते हो मैक्स वो 0.34 के नीचे नहीं आना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस चाहिए प्रीवियस लो के नीचे वैसे आप उसमें पोजिशन साइज वगैरह प्लान कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म बाइंग करना है तो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए तो अच्छा ही है आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो रख ही सकते हो मेरा बहुत फेवरेट कॉइन एक्चुअली बिकॉज बहुत पहले से मार्केट में है और uh, जो पुराने कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है इतने साल से टिके हैं तो वो आपको अच्छे रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में नो no डाउट कुछ लो रिटर्न्स भी दे सकते हैं लेकिन रिटर्न देते हैं एटलीस्ट है ना तो एल टी सी क्लासिक ये सारे कॉइंस ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया मोनरो ने वगैरह भी दिया तो होता है और उसमें से कुछ मैटिक वगैरह डोज जैसे कुछ निकल गए तो वो बहुत ही ज़्यादा उस आपको रिटर्न्स दे देते तो इसीलिए पुराने कॉइन से उसको ज़्यादा ट्रस्ट में करता हूँ जो 2019 के बाद आए हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा तो अभी को बॉटम कर रहे हैं लेकिन जब बॉटम बी बॉटम करेगा तब तो हम हम उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं फिलहाल डायरेक्टली मैं ब्लाइंडली जंप नहीं करता हूँ उसको पोर्टफोलियो में एड करने के लिए बस हाइप होती है लोग बाय कर रहे हैं इसलिए मैं बाय करता हूँ ऐसे में कभी नहीं होता मैं अपना खुद का एनालिसिस करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसको बाय करता हूँ स्टेजेस में बाय करता हूँ एसआईपी भी, भी करता हूँ ओके ठीक है तो अभी के लिए इतना काफी है जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर पूछ सकते हो और चैट में मैंने डाल दिया ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप जिनको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है वो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और बिगिनर्स कोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर वो पूरा कोर्स आप कर लो बिगिनर्स मतलब कैसे एकदम से नए आते हो मार्केट में आपको कैंडल भी नहीं पता होती है तो इसलिए आपको ये पूरा कोर्स करना इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो तो आप एडवांस कोर्स ज्वाइन करो मेरे ऐप के ऊपर वो ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में आ, टेक केयर बाय बाय अभी बाकी वीडियोस भी डालते रहूंगा हमें साइकोलॉजियर इसकी वीडियोज भी आते रहेंगे वो भी देख लेना सीरीज